डी वर्सेस वर्सेज एल 2022 के आज डबल हेडर के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जॉय्स के साथ था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ ने दिल्ली को छः रनों से हरा दिया लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट खोकर कर रन बनाए थे उसके लिए कप्तान के राहुल ने सतर रन और दीपक हुडा ने बावन रन की पारी खेली दिल्ली टीम इस लक्ष्य के सामने एक रन ही बना सकी दिल्ली के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने 44 रन बनाए लखनऊ के बनाए हाथ के गेंदबाजी मोहसिन खान ने चार विकेट हासिल की और अपनी टीम को अंत की तालिका में दूसरी नंबर पर पहुंचाने में बड़ी रोल निभाया तो आज के लिए इतना है अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को चैनल को अच्छे सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं अगली वाली वीडियो में